मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। कमल पटेल एक किसान के खेत में पहुंचे जहां उन्होंने खेती का मुआयना किया पटेल ने किसान को प्राकृतिक खेती करने के लिए बधाई दी वहीं किसानों ने प्राकृतिक खेती करने का संकल्प भी लिया कृषि मंत्री पटेल इन दिनों गुजरात में है और पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर कॉरपोरेट बॉम्बिंग मिशन के तहत गुजरात विधानसभा के चुनावों में चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं के किसान के खेत में पहुंचे जहाँ उन्होंने खेत में लगी सब्जी भाजी की फसलों का जायजा लिया उन्होंने अपने हाथों से बरबटी को तोड़ा और बरबटी का स्वाद चखा मंत्री पटेल ने किसान को प्राकृतिक खेती करने के लिए बधाई दी वही किसान ने मंत्री पटेल से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने चैनलों पर आपकी खबरें देखी हैं, जिसमें आप मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के बीच अभियान चलाए हुए हैं किसान ने कहा आप मेरे खेत में आए मुझे अच्छा लगा किसान ने देश में प्राकृतिक खेती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के उठाए जा रहे कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी चाहते हैं की हमारे देश का किसान कृषि क्षेत्र में समृद्धशाली हो और खेती किसानी लाभ का धंधा बने